हम गौर को देख पाते हैं। जो कि इस वक्त एक सुनसान वीरान रेगिस्तान में होता है अपनी बेटी के साथ में ना ही उनके पैर और गौर की बेटी अपना दम तोड़ देती है इस वजह से गौर उसी रेगिस्तान में अपनी बेटी की समाधि बनाकर आगे बढ़ जाता है तभी उसे दूर कहीं एक छोटा जंगल दिखाई पड़ता है इस वीरान निकल उसे अपने सामने कुछ फल दिखाई पड़ते हैं जिन्हें वो खाने लगता है मगर वही पीछे बैठा सूरज जिसे की रापू कहा गया है वो उसे कहता है की तुच्छ प्राणी आखिर तू मेरे फल क्यूँ खा रहा है जिस पर गौर का कहना था की आप तो मेरे बुलाने पर आए ना? आप ही ने तो मुझे बचाया है तो रापू बताता है कि यहाँ पर मैं तुझे बचाने के लिए नहीं आया बेसिकली मैंने तो यहाँ पर एक नेग्रो स्वार्थधारी का संघार किया है और उसी की खुशी मनाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ खुशियों का नाम सुनकर गौर काफी ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि उसकी जिंदगी ऐसी सारी खुशियाँ तो जा चुकी थी उसकी एक ही बेटी थी जिसे वो भगवान ऐसी प्रार्थना करके बचाना चाहता था मगर अब वो भी उसके पास नहीं गौर वहाँ आरोप रापू ऐसी कहता है की आपके पूजने वाले तो खत्म हो चुके हैं मैं ही सिर्फ आखिरी बचा हूँ तो रापू कहता है की देवताओं को खुश करने के लिए हमेशा बली लगती है और अगर तेरी बेटी मर भी गई तो समझ ले कि उसकी बलि मेरे पास में आई है इस बात को तो सुनकर गौर को गुस्सा आने लगता है और वही आरोप नेक्रोसवॉर्ड जो कि एक ऐसी तलवार थी जो कि देवताओं के संहार यानी कि उन्हें खत्म करने के लिए बनाई गई थी वो चुपचाप उसके हाथ में आ जाती है जिसके बाद तो गौर रापू को वही आरोप उस तलवार ऐसी मार देता है और ये कसम खा हर देवता हर भगवान को जान से मार दूंगा वही सीन शिफ्ट होता है कहानी के हैदराबादी मियाँ बोले तो कौर की तरफ जो की बच्चा लोगो को बता रहे थौर मियाँ की कहानी की कैसे वो उन लोगों के लिए लड़े जो खुद के लिए नहीं लड़ सकते थे बचपन से ही का मानना था कि बेसहारा की मदद करना ही उसका कर्म और धर्म है और कैसे उसकी मुलाकात ही वो दोनों अलग भी हो उसके सब या तो बिछड़ गए और या फिर मारे गए मगर थौर की बात खास थी की उसने दूसरों के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ा जिसके बाद थौर ने गार्डियंस ऑफ द गलेक्सी को ज्वाइन किया और उनके साथ मिलकर न जाने कितनी लड़ाई लड़ी मगर हर वक्त उसके दिल में सिर्फ एक ही थी वो थी जेन फोस्टर की अकेलेपन में थॉर इतना डूब चुका था कि उसने जनजातीय तो यहाँ पर पीटर को स्टार लॉर्ड पहुँचता है और थौर को कहता है की एक और जंग है जिसे हम तुम्हारे बिना जीत नहीं सकते वैल यहाँ पर एक काफी फनी सीन आता है जहाँ पर थौर अपने स्ट्रोन ब्रेकर को जमीन ऐसी उखाड़ हैरी पॉटर की झाड़ू बनाकर उस पर बैठ कर उड़ जाता है और फिर पहुँचता है युद्ध में जहाँ पर बाकी की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की फोर्स अपने दुश्मनों से लड़ रही थी वहाँ का राजा यकार थौर के पास आता है और बताता है कि हमारे ऊपर इन क्यों ने हमला कर दिया है और सिर्फ तुम ही हो जो हमें बचा सकते हो हमारी जिंदगी बिल्कुल सही चल रही थी मगर किसी ने आकर हमारे देवता को मार दिया और फिर बाद में ये आ गई जो की हमें लूटने लगे जिस पर थौर उन्हें ये मंदिर वापस दिलवाने का वादा करता है और स्ट्रो ब्रेकर को उठा अपनी पावर्स को समन करता है और बन जाता है माइटी थौर मुझे तो सारे गुंडोर लुटेरों को धो रहा था और एक बार तो अपने लेग स्ट्रेच करके दो गाड़ियों को एक साथ रोक देता है हालांकि एक लंबी चलने वाली लड़ाई के बाद में थौर उन लुटेरों से जीत तो जाता है मगर इस लड़ाई में यकार का मंदिर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका था जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कहानी की लीड फीमेल कैरेक्टर आरोप यानी की जेन फोस्टर आरोप जिसे की इस वक्त फोर्थ स्टेज कैंसर हो चुका था वही आरोप डारसी भी बैठी थी जो तुम्हारा आशय कैसा है मगर जेन उसकी बातों आरोप कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देती क्यूकी इस वक्त थौर और जेन का ब्रेकअप हो चुका था और इन आठ सालों में वो एक प्रोफेसर बन थी साइंस के काफी बड़े बड़े थ्योरीज और लेक्चर दिया करती थी इसी तरह एक दिन उसका म्योनियर के बारे में लिखा था जिनमें गुड हेल्थ को भी देख पाते हैं जो की इंसानों के साथ अपने बसाये हुए न्यू एस गार्ड लाए हुए लोगो के साथ रह रही थी वह अब तो उसका इंसानों के साथ काफी अच्छा रिश्ता भी बन चुका था और रूकी का एक शो चल रहा था जहाँ पर ये लोग थौर एग् वाले इंसिडेंट को शो कर रहे थे वही एक कांच के बॉल में थौर का वही पुराना पड़ा था जिसके टुकड़े टूट चुके थे मगर जीन के वहाँ पर आने से वो सभी टुकड़े हिलने लगते हैं मानो उनमें जान आ गई होकर भेंट करता है, क्योंकि उन्होंने इन सब की है लेकिन पीटर जब अपने एडवांस कम्युनिकेशन को चेक करता है तो पता लगता है की काफी सारे देश या फिर कहे काफी सारी सिविलाइजेशन जिन्हें मदद की जरूरत है हर कोई उन्हें बस यही मैसेज कर रहा था की मदद की जरूरत है हमारे दिया गया है तभी थौर की नजर सिर्फ आरोप पड़ती है थॉर के फर्स्ट पार्ट में उसकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी ये सुनकर थॉर अपने बाकी साथियों से कहता है कि हमें सिर्फ और साथ ही उनके देश को बचाना होगा जबकि का कहना था कि और भी तो लोग हैं, उन्हें भी तो मदद की जरूरत है तो क्यों ना हम अलग अलग जाकर उन सब की मदद करें। इस बात से थौर भी करता है। फिर वो अपने और साथ ही बेस्ट फ्रेंड कॉर को लेकर बाइफोस्ट खोल कर सीधा सिर्फ के पास पहुँच जाता है जहाँ वो देख पाते हैं किसी ने मार दिया है वही उसे सिर्फ भी घायल पड़ी मिलती है जिसका हाथ कटा होता है वो थौर को बताती है की जिसने मारा उसका अगला टारगेट एस है और वो अब वहीं पर जा रहा है जिसके बाद एंट्री होती है कहानी के विलन गौर की जो कि पहुंच चुका होता है न्यू एस में अब इसके पास जो होती है उसकी मदद से वो साए से अलग-अलग दानव बना देता है और ये दानव पूरे शहर को तबाह करने लगते है मगर तभी वहाँ पर एंट्री होती है वेलकेरी की जो की उड़ते घोड़े आरोप आकर उन सभी दानवों का विनाश करने लगती है मगर इसी बीच थौर भी आ जाता है और उन सभी को रोकने लगता है इन सभी दानवों की गिनती ज्यादा बढ़ती ही जा रही थी की तभी थौर की नजर अपने पुराने हथियार म्यूनिर पर पड़ती है उसे फील होता है कि यहाँ पर एक और तगड़ा योद्धा है जो कि उसकी तरह बलवान है तो वलकरी कहती है कि वो योद्धा तुम्हें पसंद आएगा जहाँ पर एंट्री होती है माइटी थॉर यानी कि जेन फोस्टर की जो कि अपने फुल वाले लुक में आई होती है उसे इंप्रेस करने के लिए थॉर भी अपना माइटी थॉर वाला लुक लेकर आता है ये दोनों ही आपस में एक दूसरे को देख काफी खुश थे मगर सबसे पहले ते दुश्मनों को हराना था इसी चलती लड़ाई के बीच में हमें थॉर का एक फ्लैश दिखाया जाता है जहाँ पर कभी ये दोनों आपस में काफी खुश रहते थे मगर एवेंजर्स की तरफ से निकफ्य का कॉल और वहीं पर साइंस की तरफ से जीन फोस्टर को कॉल ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के रिश्ते को खत्म करने लगते हैं इन दोनों का ही बिजी शेड्यूल आपस में इन दोनों के रिश्ते को धीरे धीरे कम करने लगता है और एक मोमेंट तो ऐसा आता है जहां पर ये दोनों ही आपस में ब्रेकअप कर लेते हैं या प्रेजेंट टाइम में गौर अपने काले साय की मदद ऐसी न्यूएस गार्ड के बच्चों को अपने साथ ले जाता है तो और उसका सामना करता मगर उससे पहले वो वहाँ ऐसी जा चुका था अगले दिन जिन सभी के बच्चे गायब हुए थे वो सभी माँ बाप अपनी रिपोर्ट लिखवाने लगते है सारे वो काफी ज्यादा परेशान थे मगर तभी उन्हें कहता है की वो काले साय ऐसी काफी सारे दानव बना सकता है तो जैन पूछती है की आखिर क्या है तो थौर बताता है की नेक्रोसॉड एक ऐसी तलवार है जो की समय के साथ अपना धारक बदलती आई है ये तलवार जिसके भी हाथ में होती है ये उसे पूरी तरीके ऐसी कर देती है तभी यहाँ पर हाइमडाल के बेटे एस्ट्रेट की में जाती है। वेल, well, होलोग्राफिकेट से यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कहाँ पर हो तो बताता है कि मुझे अपनी यूज करनी नहीं आती आरोप थौर उसे आंखों की शक्ति पर फोकस करने के लिए कहता है और इसी पावर की मदद ऐसी थौर वहाँ पर भी पहुँच जाता है बच्चे उसे देख काफी खुश थे और बोलने लगते है की हमें यहाँ ऐसी बचा लो हमें यहाँ ऐसी वापिस अपने माता पिता के पास ले जाओ लेकिन थौर कहता है की मैं सचमुच में यहाँ पर नहीं हूँ मेरा सिर्फ अनकॉन्शियस माइंड यहाँ पर है मगर चिंता मत करो मैं अपनी टीम के साथ तुम्हें बचाने के लिए जरूर आऊंगा कॉन्शियस माइंड में देवताओं के महल में पहुंच जाते हैं जो कि होता है दूर ऊपर आसमान में यहाँ पर हमें काफी सारे देवता दिखाई पड़ते हैं पत्थर के देवता मोमो के देवता यहाँ तक कि फीलिंग्स के देवता जिनमें अब एक और देव शामिल हो चुका था यानी की तूफानों का देव बोलेगी थौर दी गॉड ऑफ थर ये सभी किसी तरह वहाँ पर भेज बदल कर अंदर पहुँच जाते हैं जिसके बाद एंट्री होती है देवो के देव जियो की जो की थे बिजली की देवता बेसिकली आज एक सभा बैठाई गई थी जहाँ पर ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने वाले थे मगर वो मुद्दे काफी फनी थे कि आखिर नेक्स्ट फिरवल हम कहाँ पर रखेंगे कौन सी लड़कियाँ आएगी और खाने पीने में क्या रहेगा इन सभी बातों से थौर को गुस्सा लगता है और वो सीधा असली बातचीत करने के लिए बीच में पहुंच जाता है और कहता है ज्यूज बिजली की देवता मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया हूँ हर यूनिवर्स के भगवानों को मारा जा रहा है जिसके पीछे हाथ है गौर का इसके हाथ में है नेक्रोसवाड और उसने धरती के न्यू एस से काफी सारे बच्चों को बंदी बना लिया है मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ इसलिए मुझे आपकी चाहिए यहाँ पर जितने भी देव हैं मैं चाहता हूँ कि हम उसकी टीम बनाएं और उस गौर, गौर को जान से मार देता है और यहाँ पर की को मुबारक मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता वही दूर बैठी वल करी और साथ ही डॉक्टर जीन फोस्टर ये सोचने लगते हैं की उसके हाथ में जो थंडर है अगर हमें वो मिल जाए तो हम गौर का सामना कर सकते हैं इसी वजह से बोल्ट को चुराने के लिए यहाँ पर इन सभी की लड़ाई देवताओं से हो जाती है और ये काफी कूल फाइट थी हालांकि इस हॉल प्रिंट में इतना कुछ अच्छा दिख नहीं रहा होगा लेकिन जब टेनेटी प्रिंट आएगा तो मजा ही आ जाएगा जहां पर थॉर और ये बाकी की टीम मिलकर देवताओं से लड़ रहे थे तभी ज्यूस अपने थर से थौर पर वार करता है मगर वो भी तो दी गॉड ऑफ थर है इसलिए वो उस को पकड़ कर पर उलटवार कर देता है और ज्यूज वहीं पर घायल हो जाता है हालांकि इस लड़ाई में कॉर्क की पूरी बॉडी भी तबाह हो चुकी थी मगर वक्त रहते ये लोग उन बकरों की मदद ऐसी वहाँ से निकल जाते जिसके बाद ये सभी तैयार थे गौर के पास जाकर उससे लड़ने के लिए मगर वहाँ तक जाने का रास्ता काफी लंबा था और उन अंधेरे रास्तों पर रोशनी डालने का काम कर रहा था ब्रेकर। इस मूवी में ऐसे कई और, और जीन आपस में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं इनके बीच में आपस में किस भी होता है ये दोनों ही आठ सालों तक एक दूसरे ऐसी दूर थे इसलिए आपस में माफी मांगते पहुँच जाता है गौर के प्लैनेट आरोप जहाँ पर था सिर्फ अंधेरा और ये सारा अंधेरा मिलकर रोशनी को खत्म कर देता है इसलिए यहाँ ऐसी कुछ देर के लिए मूवी ब्लैक एंड व्हाइट में चली वैल well, मुझे तो यह ब्लैक एंड व्हाइट कलर भी काफी अच्छा लगा मगर यहाँ पहुँचने के बावजूद भी इन्हें नहीं दिखाई पड़ते नजर एक बच्चे की पेंटिंग पर जाती है। हो रखी थी की फोटो वहाँ तक पहुँचने के लिए एक दरवाजा खोलने की थी जो कि खुल सकता था से। तब जाकर जेन को यह बात समझ में आ चुकी थी की पूरी गौर की प्लानिंग थी थौर को यहाँ पर लाकर स्ट्रॉम ब्रेकर ऐसी इटर्निटी का दरवाजा खोलना इसलिए उसकी अपने काले सया की मदद ऐसी इन तीनों को ही बंदी बना लेता है और आगे थॉर से पूछता है कि आखिर तुम्हारा स्ट्रॉ ब्रेकर कहां पर है मुझे उसकी जरूरत है वो अपनी ताकतों की मदद से थॉर का हाथ खोलने की कोशिश करता है मगर थॉर अपनी पूरी दम से को बंदी रखता है गौर इस बात को जानता था कि वो हमेशा दूसरों के लिए लड़ता है इसलिए वो अपना शिकार जीन और वेलकरी को बनाता है वो उन्हें जान ऐसी मारने ही वाला होता है जिस वजह ऐसी थौर को अपना स्ट्रॉन्ग ब्रेकर यहाँ पर लाना पड़ता है वैल उसके हाथ में आने से एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह ऐसी उन पर जो बंदिशे बनी थी उनसे वो आजाद हो जाते हैं मगर उसे पाने के चक्कर में यहाँ पर इन सभी बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है इसी वजह से थॉर उस स्ट्रॉम ब्रेकर की मदद से धरती का रास्ता खोलता है मगर वहाँ पहुंचने से पहले गौर स्ट्रॉन्ग ब्रेकर को छोड़ता ही नहीं और जब ये लोग धरती पर पहुंचते हैं तब थॉर को पता चलता है कि वो तो उसी के पास रह गया इस पूरी लड़ाई में जेन फोस्टर काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी इसीलिए उसे हॉस्पिटल लाया जाता है यहाँ पर डॉक्टर ऐसी बातचीत करने के बाद थौर को यह पता चलता है की जेन को तो फोर्थ स्टेज कैंसर है उसने ये बात उससे छिपा कर रखी और अभी तक जो उसे ताकते मिल रही थी वो सिर्फ म्यूनर से मिल रही थी हालांकि एक बार उठाने से ताकत तो देता था मगर उसे और ज्यादा कैंसर की ओर ढकेलता जाता था अगर उसके पास भी, होती है, और साथ ही का भी जिसकी मदद ऐसी वो इटर्निटी के महल तक पहुंच जाता है और फिर स्ट्रोम्रेकर की मदद ऐसी उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करता है मगर इतने में ही यहाँ पर थौर पहुँच जाता है जिसके पास में ज्यूज का थंडर बोल्ट था और यहाँ पर इन दोनों के बीच में तगड़ी फाइट होती है जो कि लिटरली इस मूवी की वन ऑफ द बेस्ट फाइट थी इन दोनों महायोधाओं के पास में दो बड़े महा थे मगर देखते ही देखते गौर ने का यूज़ काले दाना बना दिए जो कि गिनती में कई ज्यादा थे वहीं दूसरी ओर इटर्निटी का दरवाजा भी खुलने वाला था जिसके खुलने आरोप उसे अटर्निटी प्राप्त होती यानी कि कोई भी इंसान अगर कोई भी इच्छा जाहिर करेगा तो उसकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी अब जैसा की उसके नाम से ही जाहिर होता है गौर दुचर यानी की अगर उसे शक्ति मिलती कुछ मांगने की तो वो सारे देवताओं का संहार ही मांगता इसीलिए गौर को रोकने के लिए थॉर वहाँ मौजूद बच्चों को कुछ देर के लिए अपनी ताकत दे देता है और सारे बच्चे थॉर में बदल जाते हैं फिर यहाँ पर ये सारे बच्चे मिलकर काले दानवों का सामना करते हैं लेकिन यह थॉर पर गौर भारी पड़ रहा था इसलिए उसे बचाने के लिए पहुँच जाती है माइटी थौर बोले तो जेन फोस्टर जिसके हाथ में था म्यूनियर और वो अपने एक ही वार से नेक्रोसॉट के टुकड़े कर डालती है हालांकि थौर को यह देख काफी बुरा लगता है की जेन के पास में ये सिर्फ आखिरी मौका था और उसने मेरी मदद करने के लिए अपने आप की जान कुर्बान कर दी वो जेन को अपने बाहों में उठाकर कर उससे कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा मगर इतने में ही गौर पहुंच जाता है इटर्निटी के पास और उससे सब लास्ट विश मांगने ही वाला होता है कि तभी थौर वहां पर आकर उससे कहता है कि तुम कुछ भी कर लो तुम्हें शांति नहीं मिलेगी तो गौर पूछता है की आखिर शांति कहाँ मिलेगी जहाँ पर जवाब देता है लव यानी की प्यार में और वैसे भी अब तुम इटर्निटी से